वेलकम टूटी टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अप्रेंटिस शिप की न्यूज़ लेकर के आया हुआ हूं, जो कि ऑर्डीनेंस फैक्ट्री में निकली हुई है ये किस ऑर्डीनेंस फैक्ट्री में निकली हुई है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ऑर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री अवाड़ी मतलब कि ये चेन्नई में फैक्ट्री है यहां से अप्रेंटिसप निकली हुई है अब मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखलाने जा रहा हूँ ये इसका नोटिफिकेशन है ओ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1810 एट वन 2022 डेट 5 मार्च 2022 मतलब पाँच मार्च को निकली हुई है अब ये किन कैंडिडेट्स के लिए ये हमारी फिफ्टी बैच ट्रेड अप्रेंटिसप आई टी एंड नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए निकली हुई है ट्रेड टेलर और मैन दस स्विंग टेक्नोलॉजी और टेलर से जिसने भी आईटीआई किया हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इस फैक्ट्री में अप्रेंटिस मांगी गई हुई है ऑर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री अवाड़ी ए यूनिट ऑफ ट्रोप कंफर्ट लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज द नंबर ऑफ वैकेंसीज दब हम यहाँ पर वैकेंसीज देखेंगे कैटगरी नॉन आई, आई की टोटल सेवेंटी पोस्ट हैं आई की टोटल 108 पोस्ट हैं मतलब जिन कैंडिडेट्स ने आई किया हुआ है इनकी टोटल पोस्ट 108 हैं और जिन्होंने आई नहीं किया हुआ है उनकी टोटल पोस्ट 72 हैं अब कैटेगरी वाइज आपको सामने यहाँ दिख रहा होगा अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें मांगी गई हुई हैं इंपॉर्टेंट नोट कैंडिडेट हु हैव आलरेडी अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल apprenticeship.gov.in डॉट जी ओ वी डॉट इन आर ऑलसोरी द रिक्वाड टू सबमिट अप्लीकेशन इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब इन एन एक्सर ए टू द जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आवाड़ी चेन्नई ये जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना है जिसका फॉर्म नीचे दिया हुआ इसी फॉर्मेट में अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट द मिनिम एज ऑफ द इंगेजिंग एज अप्रेंटिस इज फोर्टीन ईयर्स देर इज नो अपर एज लिमिट रिस्ट्रिक्शन मतलब कि मिनिमम एज आपकी चौदह साल होनी चाहिए लेकिन अपर एज की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई हुई है यहाँ पे अपर एज कोई भी कैंडिडेट जिसकी चौदह साल से ऊपर की एज हुई हुए सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये चीज यहाँ पर पहले बार ये ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपर एज हटा दिया हुआ है सिर्फ मिनिमम एज रखी हुई है 14 ईयर्स अब हम आगे देखेंगे अब देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई हुई है नॉन आईटीआई टी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मांगी गई है माध्यमिक क्लास 10 इक्विवेलेंट मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट विद द फोर्टी परसेंट मार्क्स मैथमेटिक मतलब क्लास टेंथ में टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए और मैथमेटिक्स और साइंस में 40% होना चाहिए और फॉर आईटीआई कैंडिडेट्स शुड है पार्ट द रिलेवेंट द ट्रेड टेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रेड टेलर या मैन फॉर एनी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज बाय एन सी अथॉरिटी टी एस सी बी टी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रोनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लायमेंट विद द ड्यूरेशन एज पर देंटिसन प्लस पास्ट माध्यमिक क्लास 10 स्टडी इक्विवेलेंट मिनिमम 50 परसेंट एग्रीगेट मार दॉ इन द क्लास द्थ स्टडी इन आई टी आई द रिलेट ट्रेड टू बी दंसीडर्ड विद्रिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 नाइनटीन सिक्सटी मतलब जिन्होंने आई, आई किया हुआ है वह चाहे एस ट्रेड से किया हो या उन्होंने एन से दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है Class 10th में 50% marks होने चाहिए टी आई होना चाहिए अब आगे देखेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है प्रेस्क्राइब्ड इन एक्स डायरेक्टलीसारेट आर रिक्वाड टू द रीड इंटरेक्शन एडवर्टाइजमेंट थ्रू द बिफोरेशन आपको इस नोटिफिकेशन के नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है आपको उसे फिल करना है और ऑफलाइन माध्यम के द्वारा ही सबमिट करना है सबमिट में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे फॉर्म में जो चीज़ें दी गई हैं पर्सनल डिटेल्स उसे फिल करना है फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ ऑफ ट्रेन मार्क एक्सट्रम्पली ही एसेकट्रा जो जो चीज़ें दी गई हुई हैं इसके बाद में कैंडीडेट आर एडवाइज द एक्टिव मोबाइल नंबर आर द वैलिड इन द्लीकेशन की ड्यूरिंग मैसेज विल बी सेंड द ई मेल एस एम एस दिमापी द रीड द कैंडिडेट मतलब कि उस फॉर्म में जो भी आप अपना मोबाइल नंबर और ई मेल डालेंगे वे एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए क्योंकि उसी के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि आपका चयन हुआ कि नहीं हुआ अब हम नीचे आके देखेंगे अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन का देखेंगे सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट देअर मेरिट लिस्टरेटली सेपरेटली नॉन आईटीआई एक्स आईटीआई कैटेगरी द मेरिट लिस्ट फॉर द नॉन आई टी आई कैटरीज ऑफ माध्यमिक मेट्रिकुलेन क्लास टेंटर्ड एंड एग्रीगेट इन आल सब्जेक्ट दिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड the merit list for the x category x iti student the prescribe the basis of the simple average of the percentage marks in the both in the metro college and iti minimum 50% may each for the purpose of calculated the percentage marks obtained the candidates all subject will be taken account and calculate the percentage iti marks mentioned in the probably final certificate will be taken मतलब आईटीआई कैंडिडेट्स की जो मेरिट बनेगी वे क्लास टेंथ के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी और जिन आईटीआई और जिन नॉन आईटीआई वालों के लिए और जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं कैंडिडेट्स उनकी टेंथ के मार्क्स के अकॉर्डिंग और आईटीआई के मार्क्स के अकॉर्डिंग से फाइनल मेरिट बनेगी मतलब कि मेरिट बेस्ट सिलेक्शन है ये ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हुई हैं अब मैं आप देखूँगा अब स्टेपन यहां पे देख लेते हैं हम आपको जो स्टेपन मिलेगा जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स होंगे उनकी दो साल की अप्रेंटिसशिप होगी फर्स्ट ईयर में उन्हें छः हजार रुपये पर मंथ दिया जाएगा सेकेंड ईयर में सिक्सटी सिक्स हंड्रेड पर मंथ दिया जाएगा और जो आईटीआई कैंडिडेट्स होंगे उन्हें उनकी एक साल की आई, आई होती है उन्हें सतहत्तर पर मंथ दिया जाएगा अब हम आगे देखेंगे No allowance will will be paid that during inter period period the the the the apprenticeship training. How the case, the ex -ITI period, period training case already undergone, then will the purpose नो अलाउंस विल बी पेड द ड्यूरिंग इंटर पीरियडिस गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ही दिया जा रहा है अब हम आपको form की ओर ले चलते हैं जो form में क्या चीजें दी गई हुई है ये आपका फॉर्म है जो कि आपको फिल करके भेजना है टू द जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनिट ऑफ द ट्रॉप कंपर्ट द लिमिटेड ऑफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्रवाड़ी चेन्नई इसमें आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है इसके बाद में इस फॉर्म को फिल करके आपको ऑफलाइन माध्यम से सेंड करना है क्या दे रहा इन्वेस्ट साउथ फ्रॉम द सीरियल नंबर 18 टू 21 वन ओनली आई टी मतलब 18 से लेके सीरियल नंबर और 21 तक के ओनली फॉर आईटीआई कैंडिडेट्स इस सीरियल नंबर 18 उन्नीस बीस इक्कीस को फुल करेंगे बाकी सभी कैंडिडेट्स अपना अपना डिटेल फिल करेंगे अब यहां पे आपकी अप्लीकेशन फीस वगैरह क्या लग रही हाँ एक चीज़ और देख ली पेमेंट ऑफ द फीस आपका नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा वन पेड भी नॉट बी रिफंडेबल मतलब कि आपको 100 रुपए का इसमें फ़ीस लगेगी क्योंकि नॉन रिफंडेबल होगी आपको देखिए आप डीडी के द्वारा भी कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं किसके नाम पर जनरल मैनेजर ऑर्डीनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री आवाड़ी के नाम से आपको डी बनवाना है सौ रुपये का अब इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं द लास्ट डेट ऑफ द डिसिप्ट एप्लीकेशन विल बी 21 वन डेज फॉर्म द अप्लीकेशन एप्लीकेशन द एडवर्टाइजमेंट न्यूज इन पेपर इन द डीना अब मैं देखता हूं बताता हूं इनका बोलने का मतलब है जिस डेट में नोटिफिकेशन निकला हुआ है उस डेट से आपको 21 दिन के अंदर ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए जैसे 5 तीन को निकला है अब आप 5 तीन से 21 दिन ऐड करिए तब इसकी लास्ट डेट है मतलब कि 5 में आप 21 प्लस कर दीजिए मतलब 26 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है आपको फिल करके फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से सबमिट करना है